नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका कि नाम है टेक बिहारी जी चैनल मित्रों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली पर चार प्रतिशत डी ए चार साल बाद एरियर देने की भी तैयारी राज्य सरकार प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को दीपावली पर चार प्रतिशत डी देने की तैयारी कर रही है इस बारे में अंतिम निर्णय 11 अक्टूबर के बाद लिया जाना है जिसकी घोषणा जल्दी ही की जाना है बड़े हुए डी का भुगतान अक्टूबर फिर टू नवंबर के वेतन में किया जाएगा हालांकि दीपावली चौबीस अक्टूबर को है इसलिए बड़ा हुआ वेतन नवंबर में मिलेगा इस मामले में विचार किया जा रहा है कि कर्मचारियों को बड़े हुए डीए का भुगतान दीपावली के पहले किया जाए इस बारे में वित्त विभाग में विचार विमर्श भी चल रहा है इसमें दिक्कत यह आ रही है कि महीने का वेतन इकतीस अक्टूबर को होना है तो इससे पहले किस तरह बड़े हुए डीए का भुगतान किया जाए साढ़े लाख कुल कर्मचारी हैं इनमें से छह लाख चालीस हजार नियमित हैं और एक लाख दस हजार दैनिक वेतन हैं और साथ ही साथ चार लाख पचहत्तर हजार पेंशनर्स हैं डीए के बढ़ने का यह है गणित इसको भी समझें डीए की बढ़ोतरी होने पर इस वित्तीय वर्ष में यानी अक्टूबर से मार्च 2023 के बीच 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बाहर आएगा यानी हर महीने 104 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बाहर आएगा साथ ही एक जुलाई से तीस सितंबर तक केरियर देने पर 312 करोड़ रुपए एक मुफ्त खर्च करने होंगे कर्मचारियों को हर महीने लगभग 620 और अफसरों को आठ तक का फायदा हो सकता है चार साल बाद डीए का एरियर दिए जाने को लेकर हिसाब किताब लगाया जा रहा है क्योंकि कोरोना के बाद से अभी तक पिछले 26 महीनों में बड़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर नहीं दिया गया है इस मरतबा दीपावली और प्रदेश का स्थापना दिवस एक नवंबर को होने की वजह से 1 जुलाई से डीए का भुगतान किया जा सकता है वहीं तीन महीने के एरियर की राशि कर्मचारियों को नकद दे दी जाए या उनके जी अकाउंट में डाल दी जाए इस बारे में विचार किया जा रहा है पेंशनर्स की बात करें तो प्रदेश में चार लाख पचहत्तर हज़ार पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने में धारा उनचास दिक्कत बनी हुई है इसमें पेंशनर्स के डीआर बढ़ाने के मामले में मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से वित्तीय सहमति लेना जरूरी है इसकी वजह राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा उनचास संसद के द्वारा पारित है इसमें कहा गया है कि मध्य और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में परस्पर वित्तीय मामलों में सहमति होना जरूरी है तो मित्रों एक एक बड़ी खुशखबरी सभी कर्मचारियों के लिए उन्हें दीपावली पर बड़ा हुआ वेतन मिल सकता है आज के अखबारों में ये खबर प्रमुखता से छाई हुई है तो मुझे लगा कि इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए तो ये छोटा सा वीडियो थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा यहाँ पर की गई है आप भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें कमेंट करें और इसी तरह की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद